छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे के दौरान मुरिया दरबार में शामिल हुए इस दौरान भूपेश बघेल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बस्तर का प्रसिद्ध मुंडा बाजा बजाया वहीं सीएम बघेल ने गिल्ली डंडा में भी हाथ आजमाया बस्तर दौरे के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में जनजाति के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया बस्तर दशहरा में बाहर रैनी रस्म के दूसरे दिन मुरिया दरबार का आयोजन हुआ जगदलपुर के सिरहा सार भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की सीएम बघेल का बस्तर के पारंपरिक अंदाज में स्वागत सत्कार हुआ मुंडा बाजा बजाते हुए ग्रामीण सीएम को मुरिया दरबार तक लेकर आए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बाजा बजाने का आग्रह किया जिस पर सीएम ने भी सभी के साथ मिलकर प्रसिद्ध मुंडा बाजा बजाया गानों और मुंडा बाजा की थाप आरोप सीएम भी झूमते नजर आए सीएम बघेल ने गिल्ली डंडा खेल में भी हाथ आजमाया। भूपेश बघेल के साथ वहां मौजूद अधिकारियों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया बघेल ने इसी शॉट के साथ ओलंपिक की शुरुआत की है इसका मकसद छत्तीसगढ़ में स्थानीय खेलकूद को प्रोत्साहन देना है